मध्य प्रदेश के खरगोन में मंगलवार सुबह एक बस पचास फीट ऊंचे पुल से सीधे नदी में जा गिरी इस हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई है इसमें से तीन बच्चे हैं नौ महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं बस डोंगर गांव और दसंगा के बीच बोराड़ नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी है नदी सूखी हुई थी गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं खरगोन में 50 फीट ऊंचे पुल से बस सूखी नदी में जा गिरी हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई है 30 से अधिक घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है सात घायलों को इंदौर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है मां शारदा ट्रेवल्स की बस में 50 से 60 लोग सवार थे बस में सवार लोगों ने बताया कि बस तेज रफ्तार से थी और ड्राइवर को झपकी लगने के कारण बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरी बस के कांच फोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया है लोगों ने घायलों को अपनी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया हादसे के बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि 22 लोगों की मौत हो चुकी है एसडीएम ने बताया कि हादसा जिला मुख्यालय से करीब 34 किलोमीटर दूर ऊन थाना क्षेत्र के डूंगर गांव के समीप हुआ है फिलहाल बस चालक का पता नहीं चल पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खरगोन हादसे पर दुख जताया है उन्होंने कहा है कि हादसा अत्यंत दुखद है इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शोक जताया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कैबिनेट मीटिंग में इस हादसे की जानकारी दी उन्होंने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन बस दुर्घटना में मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए गंभीर रूप से घायल को 50-50 हजार रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है 22 लोग की मृत्यु हुई है और लगभग 30 से अधिक लोग घायल हैं और उनका इलाज अस्तर चल रहा है बाकी घटना के डिटेल जाँच का हम लोग जाँच करा रहे है की घटना के का कारण क्या रहे हैं बाईस हमारे भाई बहन नहीं रहे और अभी मेरी प्रभारी मंत्री कमल जी से बात हुई है आप खरगोन जाए हमने जो भाई नहीं रहे उनके परिवार के लिए चार लाख रुपए की सहायता निधि की घोषणा की है गंभीर रूप से घायल को पचास हजार इंदौर में भी इलाज की संपूर्ण व्यवस्था है जिनको ले जाना पड़ेगा उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था हो जाए हम जिन भाई बहन को बचा नहीं पाए बस दुर्घटना में नहीं बच पाए उन सभी दिवंगत आत्मा को शांति दे उनके परिवार को बहन प्रोत्साहन करनी क्षमता दे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 पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर जीरो सेवन डबल फाइव टू सेवन डबल जीरो एट डबल जीरो एवं वेबसाइट सी एम लाडली बहना डॉट एम पी डॉट प्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें